हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटे वाला बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आगे से आगे शेयर करना गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज एक ही चीज़ फ्री है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना एनी टाइम फ्री है इसलिए पे आप सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते गाइज इसलिए आप सब्सक्राइब कर दो और गाइज ये बात मैं बताना भूल गया कि गि रखा है हमने डायमंड और आलोक गिवे जिनको आलोक चाहिए वो अपने आईडी कमेंट सेक्शन में लिखे और डायमंड चाहिए वो भी अपनी आईडी कमेंट सेक्शन में लिखे गाइज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज आप आपका सपोर्ट मतलब कि आप एक सब्सक्राइब बहुत हमारे लिए मोटिवेशन लाता है इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करो और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जितना भी हो सके उतना शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा गैज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय